आज हम मिलने वाले हैं अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट मोड से यानी कि यातायात के साधन से डेली हमें अपने काम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है उसमें ट्रांसपोर्ट मोड हमारी हेल्प करते हैं तो आइए मिलते हैं हम उनसे ये है बाइसिकल ये हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करती है और साथ ही में यह हमें फिट भी रखती है चूंकि साइकिल बिना किसी फ्यूल के यानी बिना पेट्रोल या डीजल के चलती है इसलिए ये एनवायरनमेंट को भी सेव करने में हेल्प करती है और ये ये है बाइक साइकिल से फास्ट होती है क्योंकि ये पेट्रोल से चलती है बाइक चलाते वक्त हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए और ये है कार कार पेट्रोल डीजल सी अलग अलग तरह के फ्यूल से चलती है ये है स्कूल बस ये बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर लाती है और ये है ट्रैक्टर ये फार्मर यानी किसान की खेत में फसल उगाने में हेल्प करता है और ये है फायर ट्रक जब कहीं पर भी आग लग जाती है तो ये आग बुझाने में हेल्प करता है और ये क्या है ये है क्रेन ये बहुत भारी सामानों को एक जगह से दूसरी जगह रखने में काम आता है और ये है डंप ट्रक कचरे को शहर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने पे हेल्प करता है और ये है लोडिंग ट्रक जब बहुत भारी भारी सामानों को एक शहर से दूसरे शहर ले जाना होता है तो ये हमारी हेल्प करता है और ये है ट्रेन ये बहुत सारे लोगों को अलग अलग शहरों में ले जाने में मदद करती है और ये है है है और जब कहीं पे भी एक्सीडेंट हो जाता है, किसी के चोट लग जाती है, तो ये उसको फटाफट हॉस्पिटल ले जाने में हेल्प करती है ये है हेलीकॉप्टर ये हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है ये है एरोप्लेन ये हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है पर ये बहुत दूर तक जा सकता है और एक साथ कई लोगों को ले जा सकता है और ये है बोट ये पानी में तैरकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करती है ये नदियां या झीलों में आने जाने में हेल्प करती है।, और ये है शिप ये पानी में तैरकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है ये एक साथ कई लोगों को और बहुत सारे सामान को ले जा सकता है समुद्र यानी ओशन में इसे काम में लिया जाता है और ये है रॉकेट ये एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जाने में हेल्प करता है तो आइए रिवाइज करते हैं हम किन किन ट्रांसपोर्ट मोड से मिले तो बताइए क्या है ये वेरी गुड दिस अ साइकिल। और ये सही कहा ये है बाइक और ये है कार और ये बच्चों को ले जाने वाली स्कूल बस और फार्मर की हेल्प करने वाला ट्रैक्टर और यह है फायर ट्रक और सामानों को कौन उठाता है ये है क्रेन और यह है ट्रक और यह है लोडिंग ट्रक और ये कौन है छुप छुप ट्रेन और ये है एम्बुलेंस ये है हेलीकॉप्टर और ये क्या है ये है एरोप्लेन वेरी गुड और ये है बोट और ये है शिप और यह है रॉकेट वेरी गुड बहुत अच्छा काम किया आपने आपको सब आ गया हैप्पी लर्निंग बाय बाय Please subscribe